चैलेंज आप इसका उत्तर नहीं बता पाएंगे 99 प्रतिशत लोगों ने इसका उत्तर गलत दिया है आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 25 या ऑप्शन डी 35। आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए